यह है मंदिर स्थानीय रूप से ये डुगरी मंदिर के रूप में जाना जाता है और जिसे हटिम्बा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य एक ही हिल स्टेशन मनाली के स्थित है ये एक प्राचीन गुफा मंदिर भीम की पत्नी हिटिबा देवी को समर्पित है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक प्रवृत्त है मंदिर हिमालय के तल की धूविरी वन विभाग नामक एक देवदार के जंगल के घिरा हुआ है अब अभियान एक विशाल चट्टान के ऊपर बनाया गया है जो जमीन से बाहर निकली हुई एक जिसे देवता के छवि के रूप में भी पूजा जाता है संरचना पंद्रह में महाराजा बहादुर सिंह द्वारा बनाई गई थी बता दें कि इनका संबंध हिंदू धर्म से है और ये कुल्लू राज्य में अडिम्बी देवी को समर्पित है मैप की लोकेशन आपको नीचे दे दी गई है आप जाकर देख सकते हैं अडिम्बा देवी का निर्माण पंद्रह सौ तिरवंजा में ईसापुर में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था मंदिर में एक गुफा चारों ओर बनाया गया है जहां जहाँ देवी अडिम्बा ने ध्यान धर लिया था माना जाता है कि अडिम्बी अपने भाई अडिम्ब के साथ वहाँ रहती थी और उनके माता पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली एक राक्षस परिवार में जन्मी डिम्बा ने उस व्यक्ति से शादी करने की कसम खाई थी जो उनके भाई को रिम्प को हरा दे जो बहुत बहादुर और निडर माना जाता था पांडवों के वनवास के दौरान जब उन्होंने मनाली भीम का दौरा किया था तो पाँच पांडवों के एक हडिम्प को हरा दिया था और तब जाकर डिम्बा ने भीम से विवाह किया और उनके पुत्र तोचक को जन्म दिया। नाली में लोग हडींबा देवी को देवता के रूप में पूजते हैं नवरात्रि के दौरान पूरे देश में सभी हिंदू देवी दुर्गा की पूजा करते हैं लेकिन मनाली में लोग हडींबा देवी की पूजा करते हैं मंदिर के बाहर लोगों की कतारें देखी जा सकती हैं, लेकिन नवरात्रि में भीड़ बढ़ जाती है हर साल बसंत के दौरान स्थानीय लोगों का हडींबा देवी में मेला मनाया जाता है अडिंबा देवी में मंदिर में लकड़ी के दरवाजे और अभ्यारण्य के ऊपर एक चौबीस मीटर लंबा लकड़ी का शिखर या टावर है टावर में लकड़ी की टाइलों में ढकी तीन चकोर छतें और शिखर पर एक चौथी पीतल की शंखु के आकार की छत है पृथ्वी देवी दुर्गा मुख्य द्वार की नकाशकी का विषय बनाती है जानवरों और पत्तेदार डिजाइनों में नरकृतियों भगवान कृष्ण के जीवन और ग्रहों के दृश्यों को भी चित्र में दर्शाया गया है मंदिर का आधार सफेद मिट्टी से धके पत्थर का नाम से बना है और मंदिर के अंदर एक विशाल जटान व्याप्त है केवल 7.5 सेमी मतलब 3 इंच लंबी पीतल की छवि देवी हडिबा देवी का दर्शन करने का मौका मिलता है चट्टान के सामने एक रस्सी लटकती हुई है और एक किवृदि के अनुसार पुराने दिनों में धार्मिक कट्टरपंथियों ने पापियों के हाथों को रस्सी से बांध दिया था और फिर उन्हें चट्टान से खिलाफ झूल मंदिर से लगभग 70 मीटर की दूरी पर देवी अडिपा के पुत्र घटोचक को समर्पित एक मंदिर है और जो भीम से शादी करने के बाद पैदा हुआ था मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता जिसे कि मंदिर के अंदर पत्थर में एक खंड पर उगेरी गई देवी के पैरों की छाप की पूजा की जाती है और इसे महाभारत कथा के साथ जोड़ा जाता है भारतीय महाकाय महाभारत वर्णन करता है कि पांडव अपने निवासन के दौरान हिमाचल में रहे थे मनाली में हंडीम के नाम के सबसे मजबूत व्यक्ति और हंडिम्बा के भाई उन पर हमला किया और लड़ाई में पानवें सबसे मजबूत भीम ने उसे हरा दिया भीम और हंडिम्ब की बहन हंडिम्पी फिर शादी कर ली और एक बेटा हुआ घटोचक जो बाद में कौरबों के खिलाफ युद्ध में एक महान योद्धा साबित हुआ जब भीम और उनके भाई निवासन से लौटे तो हंडिम्बी ने उनका साथ नहीं दिया बल्कि पीछे रहकर तपस्या ध्यान प्रार्थना और तपस्या का एक आयोजन किया ताकि अंत एक देवी का दर्जा प्राप्त किया जा सके